मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ किया इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत ने ही दुनिया को वैज्ञानिक दिए हैं कोविड के समय भी हमने दुनिया को 200 करोड़ के वैक्सीन डोज दिए थे उन्होंने कहा भारत में आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने दुनिया के विज्ञान से पहचान कराई भारत सभी क्षेत्रों में आगे है आठवें साइंस फेस्टिवल का शुभारंभ करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा की विज्ञान के क्षेत्र में भारत हजारों वर्ष पहले ही आगे बढ़ चुका है कोविड के समय कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भारत दुनिया को 200 करोड़ वैक्सीन के डोज देगा एक समय था जब भारत अपने उपग्रह दूसरे देशों में लॉन्च करता था लेकिन अब दुनिया के उपग्रह भारत से लॉन्च हो रहे हैं उन्होंने कहा भारत ने स्टार्टअप की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं और भारत स्टार्टअप मामले में तीसरे नंबर पर है भारत योग अध्यात्म के सभी क्षेत्रों में आगे है सरपंच में भारत का सोच ही वैज्ञानिक नवाचार इनगेशन साइंटिफिक सोच ये भारत की संस्कृति में भारत की माटी में है भारत की जड़ों में है आज से नहीं हजारों साल पहले से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत आगे है लेकिन उसका प्रकटीकरण आधुनिक काल में अगर मैं कहूं तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है सीएम शिवराज ने कहा कि गैलोलियो और कॉपरिक्स से 500 वर्ष पहले ही आर्यभ और उसके बाद वारा ने सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की गति की गणना के आधार पर नवग्रह तथा नक्षत्रों की सही स्थिति ज्ञात करने की खगोली विधि का वर्णन कर दिया था भास्कराचार्य ने न्यूटन से सदियों पहले ही साबित किया था कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को एक विशेष शक्ति के साथ अपनी ओर आकर्षित करती है चौहान ने कहा व्यक्ति जैसा सोचता है और करता है वैसा ही बन जाता है अगर आप कुछ सोचोगे ही नहीं तो मुंह पर बैठी मक्खी को भी उड़ाने के लिए किसी और को आना होगा कोई कोई ना सोचे कि विज्ञान हमने पश्चिम से प्रकाश तो में आया तो बहुत पहले पांच सौ बरस पहले आरी भट्ट और उनके बाद बारह सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की गति की गणा के आधार पर नवग्रह तथा नक्षत्रों की सही स्थिति क्या करने की खगोली विधि का वर्णन कर दिया था ये नवग्रह कोई हमारे लिए नए ब्रह्मा शिभि सुतो बुध गुरु शुक्रा शनि राहुवा सर्वे ग्रह शांति करा भगवंतु कब से हम नवग्रहों के बारे में हमारे ऋषि जानते हैं हमारे महर्षि जानते हैं मुख्यमंत्री चौहान ने कार्यक्रम में कहा कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे को नहीं काटते बल्कि उसका समर्थन करते हैं जहां से विज्ञान समाप्त होता है वहां से यात्रा प्रारंभ होती है। मुख्यमंत्री ने कहा सचमुच में भारत की सोच ही वैज्ञानिक है नवाचार साइंटिफिक सोच ये भारत की संस्कृति में है भारत की माटी में है भारत की जड़ों में है इसलिए आज जो बच्चे यहाँ बैठे है जो सच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं ये बच्चे कई क्षेत्रों में चमत्कार कर रहे हैं दावे के साथ कहता हूं भारत का दृष्टिकोण वैज्ञानिक है भारत का सोच वैज्ञानिक है और पूरी जिम्मेदारी के साथ आज मैं बात भी कहना चाहता कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे को नहीं काटते बल्कि उसका समर्थन करते हैं जब विज्ञान समाप्त होता है वहां से अध्यात्म की यात्रा प्रारंभ होती है वहां से अध्यात्म यात्रा प्रारंभ